तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन के सारे आंसर तो मैं दे दूंगा ठीक है और रेगुलर मैं वीडियोज भी अपलोड करता रहता हूं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी बना दोस्तों अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो अब ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किससे चुना गया तो ऑप्शन आपके पास चार हैं तपन कुमार दास राजेंद्र सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह या फिर मुस्ताक अहमद तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी मुस्ताक अहमद ध्यान रखिएगा मुस्ताक अहमद को हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया दोस्तों अभी हाल ही में हॉकी इंडिया कांग्रेस जो चुनाव हुआ उसमें फैसला लिया गया है कि जो मुस्ताक अहमद हैं उनको नया अध्यक्ष बनाया जाएगा इससे पहले अध्यक्ष राजेंद्र सिंह थे इससे पहले कौन था तो वो राजेंद्र सिंह थे अब उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है और मुस्ताक अहमद को बना दिया गया है इस बार हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर पाँच करोड़ का जुर्माना लगा दिया है तो दोस्तों ये तीसरा केस है इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको आरबीआई से रिलेटेड बता दिए हैं ठीक है तो हाल ही में आरबीआई ने जिस बैंक पर पाँच करोड़ का जुर्माना लगाया है वो है आपका करुण वैश्य बैंक ध्यान रखिएगा करुण वैश्य बैंक पर हाल ही में आरबीआई बी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाँच करोड़ का कर जुर्माना लगा दिया उससे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि येस बैंक के जो सीईओ हैं राणा कपूर उनको आरबीआई ने बोला है कि आप जनवरी तक ये जो आने वाली दो की जनवरी है आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए उसके अलावा बंधन बैंक को उसकी नई शाखाएँ खोलने से मना कर दिया है आर ने बोला कि उन्होंने लाइसेंस के जो नियम और कानून है उनको पूरा नहीं किया है इस वजह से बंधन बैंक को नई शाखाएँ खोलने से मना कर दिया है और इस क्वेश्चन का आपका आंसर रुक क्या होगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को पाँच करोड़ का जुर्माना लगा दिया है तो वो है आपका ऑप्शन है करुण वैश्य बैंक ठीक है, है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट सर दोस्तों हाल ही में भारत के छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है और हमने लगातार आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इसका आंसर हम आपको दे देते हैं ऑप्शंस आपके पास चार हैं रंजन गोगोई दीपक मिश्रा ओपी रावत और मदन लोकुर तो जो सही ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन ए रंजन गोगोई दोस्तों तो हाल ही में यानी तीन अक्टूबर को जो भारत के छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे यानी अब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होंगे हो चुके हैं वो रंजन गोगोई हैं इससे पहले कौन था तो इससे पहले दीपक मिश्रा थे वो कौन से थे तो वो पैंतालीसवें थे तो आपको मैंशन जरूर करेगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर पैंतालीसवें पूछता है तो दीपक मिश्रा छियालीसवें पूछता है तो रंजन गोगोई तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या है रंजन गोगोई और ओपी रावत दोस्तों हमने आपको बताया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त है तो होप आपको क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों पूरा लास्ट तक क्योंकि लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको देना है ठीक है तो हाल ही में भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दी तो रंजन गोगोई ने। नेक्स्ट चलते नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में यूएनईपी एन चैंपियन ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया गया ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसका जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है यानी यूएनईपी में चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को ध्यान रखेगा जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यू चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया उनके अलावा दोस्तों जो फ्रांस, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम इमैनुअल मैक्रोन है उनका नाम आप जानते होंगे ठीक है इमैनुअल मैक्रोन को भी इसी अवार्ड के लिए यानी यूएनएपी चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया है उसके अलावा दोस्तों ये जो अवार्ड होता है ना ये बस व्यक्ति को नहीं बल्कि वस्तुओं को सजीव चीज़ों को नर्जीव चीज़ों सबको दी जाती है और इन दोनों लोग के अलावा दोस्तों यू ने नरेंद्र मोदी जी के अलावा इमैनुअल मैक्रेल जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उसके अलावा कोचिन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको भी नवाजा है तो दोस्तों हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन पर फैसले लिए हैं और प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने तो उसी को देखते हुए जो इन्वायरमेंटल ये जो प्रोग्राम था पर्यावरण को देखते हुए मोदी जी को जो हमारे प्रधानमंत्री उनको चैम्पियन ऑफ द अर्थ के इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में स्वच्छतम सरकारी विद्यालय किसे घोषित किया गया है यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो कि हरियाणा राज्य में है ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछ देता है कि हाल ही में स्वच्छतम सरकारी विद्यालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को चुना गया है घोषित किया गया है डिक्लेयर किया गया है वो किस राज्य से बिलोंग करता है वो किस राज्य से संबंधित है तो वह संबंधित है आपका हरियाणा से ठीक है हरियाणा राज्य से आपका संबंधित है महर्षी विश्व किया या फिर रक्षा मंत्रालय ने, ने किया तो जो सही ऑप्शन है वह आपका सिडबी ध्यान रखिएगा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है उद्यम अभिलाषा अभियान का शुभारंभ किया है दोस्तों हाल ही में जो हमारा नीति आयोग है उसने 115 जो आकांक्षी जिले हैं जिनको चुना था नीति आयोग ने पहचाना था उनको सिडबी जो उद्यम विलासा अभियान के तहत रखेगा और वहाँ के जो भी छात्र होंगे उनको क्या करेगा कि उद्यमी बनाएगा उसके लिए वो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करेगा दोस्तों सिडबी भी से आपके दो क्वेश्चन और बन सकते हैं एक तो इसका हेडक्वाटर तो वो ध्यान रखिएगा लखनऊ में है हेडक्वाटर इसका कहाँ है तो आपका लखनऊ में है उसके अलावा जो इसके प्रमुख हैं जो इसके मेन हैं वो कौन है तो वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा ध्यान रखिएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके प्रमुख हैं और सिडबी का आपको फुल फॉर्म भी पूछता है तो हमने आपको पहले भी बता रखा है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इसके अलावा दोस्तों जो वीडियो में हमने आपको इसकी पूरी डिटेल दी है इससे पहले फुल फॉर्म्स की वो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में बॉक्स में लिंक पेश कर दूँगा ठीक है तो वहां से आप देख सकते हैं नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में यूपीआई भुगतान में 33 प्रतिशत अधिक हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर कौन रहा है ठीक है तो हाल ही में दोस्तों जो यूपीआई भुगतान हुए हैं उसमें 33 परसेंट अधिक हिस्सेदारी के साथ पेटीएम ऑप्शन ए जो है वो पहले नंबर पर रहा है शीर्ष पर रहा है ये चीज ध्यान रखिएगा हाल ही में जो यूपीआई भुगतान की जो लिस्ट निकली है उसमें तैंतीस अधिक हिस्सेदारी के साथ जो पेटीएम हमारा शीर्ष पर रहा है तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है और करेंट के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है क्योंकि इस रिलेटेड आपको पूछे गए ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में एस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है ऑप्शंस चार हैं ठीक है चारों एस एस रजनीकांत मिश्रा जी सतीश रेड्डी के एन व्यास ये चारों नई नियुक्तियां हैं ठीक है हम रैंडमली आपको बताते हैं लेकिन सही जवाब आपको देना है कोई बी से रिलेटेड है कोई बी का महानिदेशक है कोई इसमें एस SS, एस का महानिदेशक है और कोई इसमें आपका डी का अध्यक्ष है और कोई जो हाँ परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका अध्यक्ष है ठीक है अब इसमें से आपको सही ऑप्शन देना है इसको मिलान करना है कि कौन क्या है तो इस आंसर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप देंगे हम वेट करेंगे कमेंट बॉक्स में आपके जो आंसर होंगे उसका और हम फिर जब नेक्स्ट अपने वीडियो प्रेजेंट करेंगे ये करेंट अफेयर की तो उसमें सारे आंसर भी आपको बताएंगे और जिन्होंने सही जवाब दिया उसका नाम भी लेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना दोस्तों हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत बोलेगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंपॉर्टेंट जो लिंक्स होते हैं वो दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है आप वहां ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं इसका पीडीएफ इजीली आपको प्रोवाइड करा सकू ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट भाग में